मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है किस्ट जो कि 2020 में रिलीज हुई थी ये कहानी एक आदमी और एक डेड बॉडी की है अगर आज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम नॉर्मन होता है उसके पास एक खूबसूरत लड़की की डेड बॉडी लाई जाती है और आज पहली बार नॉर्मन के पास एक खूबसूरत लड़की की डेड बॉडी लाई गई थी ज़्यादातर इसके पास बूढ़े लोगों की डेड बॉडी लाई जाती थी और नॉर्मल एक मोटिशन होता है वो डेड बॉडी से बातें करने लगता है इस लड़की की मौत लेक में डूबने से हुई थी और नॉर्मल डेड बॉडी को कहता है तुम मुझे बहुत पसंद हो और उसे किस करता है इसके बाद इसके लिप्स को साफ़ करता है और उसे फ्रीज़र में रख देता है और जाने लगता है और सडनली उस लड़की की डेड बॉडी ज़िंदा होती है और फ्रीज़र खुल जाता है नॉर्मन ये देखकर बहुत हैरान होता है और दोबारा फ्रीज़र को बंद करने जाता है उस लड़की की डेड बॉडी फ्रीज़र से बाहर आती है और नॉर्मन को कहने लगती है तुम भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो और नॉर्मन को वो सारी बातें बोलती है जो कि नॉर्मन ने उसे साफ़ करते हुए कही थी और नॉर्मन को किस करती है इसी तरह ये कहानी यहाँ पे एंड होती है ये एक शॉर्ट हॉरर मूवी है अगर आज आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना